अब वो अमेजोन तो तो तो का बीस परसेंट फ्लिपकार्ट के कनेक्शन नहीं वेट करेंगे हम लोग खुद का डायरेक्ट चैनल क्यों नहीं बिल्ड करते अहमदाबाद सूरत बहुत सारे लोग हैं जो खुद uh, की डायरेक्ट कस्टमर बिल्ड करते हैं ठीक है चलो एज अकाउंट क्रिएट किया था जीमेल का डिस्काउंटिंग मेथड काउंटिंग उसको सोचना पड़ेगा डिस्काउंटिंग मेथड कि उसके अकाउंट में क्या वैल्यू कोर वैल्यू यह कर सकते हैं अगर डिस्काउंटिंग मेथड चल रहा है जाना चल रहा था बहुत कोशिश किया ना नापुन तो था, Amazon, Flipkart, था, गए, कुछ ना तो रहेगा उस समय क्या आता है ना वो बच्चे लोग आते थे वहां से खरीद सकते हो उसको रिटर्न भी कर सकते हो और मिलता है तो वो डिस्काउंट पे नहीं बात कर रहे थे Quality, they were talking about delivery. they were were talking talking about about delivery, other उट डिलिवरी देवर टॉकउट अदर थिंग्स डिस्काउंट आगे प्राइस प्राइस नहीं देखेगी सबसे सस्ता ही है